हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शांतनु डिजी दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखें स्किप ना करें तो आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ उत्तर उन्नीस को हमारा दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल किससे संबंधित है? कि अनुच्छेद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हमारा आंसर है दस जनवरी पहला सम्मेलन इसका दस से बारह जनवरी उन्नीस सौ पचहत्तर नागपुर में हुआ था भारत हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर उन्नीस को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था हमारा चौथा क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो इसका आंसर है सुकुमार सेन इनका जो कार्यकाल है 1950 से उन्नीस 195 तक था हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इसका गठन हुआ था पच्चीस जनवरी उन्नीस को हमारे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित बैंक कौन सी है तो इसका आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 2014 में इसका जो मुख्यालय है हेडक्वाटर है संघाई चाइना में जो ब्रिक्स देशों की स्थापना हुई थी दोस्तों वो इस दो में हुई थी इसका जो पहला सम्मेलन है दो में हुआ हुआ था वर्तमान सम्मेलन जो हुआ है दोस्तों भारत के नई दिल्ली शहर में हुआ था और ये तेरहवें नंबर का सम्मेलन था और इसकी अध्यक्षता माननीय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी उनने की थी हमारा छठवां क्वेश्चन है अनुच्छेद 48 किस से संबंधित है तो इसका आंसर है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है हमारा सातवा क्वेश्चन है अनुच्छेद एक सौ उनहत्तर संबंधित है तो दोस्तों ये राज्यों में विधान परिषदों का सृजन करता है वर्तमान में छः राज्यों में विधान परिषद हैं उनके नाम हैं आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटका महाराष्ट्र तेलंगाना उत्तर प्रदेश हमारा आठवां क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है तो दोस्तों इसका आंसर है ओजोन परत के संरक्षण से सोलह सितंबर उन्नीस में इसमें हस्ताक्षर हुए थे और ये प्रभावी रूप से हमारे लागू हुआ था एक जनवरी उन्नीस हमारा नौवां क्वेश्चन है अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है दोस्तों इसका आंसर है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार देता है जैसे हमारे मदरसा चलते हैं और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी चलती है ये सब अल्पसंख्यक ग्रुप में आते हैं उनको शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार देता है हमारा ग्यारहवा क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है तो इसका आंसर है बीरप्पा मोयली हमारा बारहवा क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम किससे संबंधित है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम उन्नीस के तहत एक मुस्लिम महिला निम्न आधारों पर तलाक के लिए मांग कर सकती है उसके प्रावधान है इसका तीसरा प्रावधान है पति सात या अधिक वर्षों से कारावास में हो भारत तलाक अधिनियम उन्नीस हमारा तेरवा क्वेश्चन है कोहरे में कैद रंग हिंदी के विख्यात साहित्यकार गोविंद मिश्र द्वारा रचित उपन्यास को कौन सा पुरस्कार पुरस्कार मिला था? था। तो दोस्तों इसका आंसर है 2008 में इनको साहित्य एकेडमी से नवाजा गया था। हमारा चौदह क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद हुआ था हमारा पंद्रवा क्वेश्चन है वर्खा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है तो दोस्तों हमारा आंसर है यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारा सोलवा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है यह है किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 ए के ए में है और छियासीवें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था किस संसदीय समिति में सभी सदस्य लोकसभा सदस्यों में से होते हैं तो दूसरों हमारा आंसर प्राकलन समिति जो है उसमें तीस सदस्य होते हैं जो कि संसद सदस्य से होते हैं समिति इसमें सदस्य होते हैं, लोकसभा से से। राज्यसभा हमारा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया था दोस्तों हमारा आंसर है 2005 में गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है आंसर है कौकड़ी हमारा बीसवा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय अच्छी कौन सा है तो इसका आंसर अच्छा है सैरस्क्रेन हमारा इक्कीसवीं क्वेश्चन इक्कीसवा क्वेश्चन है इक्कीस सत्तरवीं लोकसभा में महिलाओं सांसदों की संख्या कितनी थी तो दोस्तों इसका आंसर अच्छा है अठारह सेवेंटी अब तक की सबसे ज्यादा संख्या थी दोस्तों सोलहवीं लोकसभा की जो संख्या थी महिलाओं की वो 62 थी यानी कि बासठ हमारा बाईसवां क्वेश्चन है करुणालय कविता संग्रह के लेखक कौन है इसका आंसर है जय शंकर प्रसाद तीसरा हमारा था तेईसवा क्वेश्चन है भारत भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो दोस्तों इसका आंसर है अहमदाबाद दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कोयम्बटूर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कान कानपुर को कहा जाता है हमारा चौबीसवा क्वेश्चन है नवाबों का शहर किसे कहते हैं इसका आंसर है लखनऊ पच्चीसवा क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था इसका आंसर है अनंत अनंतन ये गंगवंश के थे ग्यारह ईस्वी में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था हमारा छब्बीसवा क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित थे तो दोस्तों हमारा आंसर है अनुच्छेद 280 सौ हमारा सत्ताईसवा क्वेश्चन है पंद्रहवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है एन के सिंह इसका आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी तो दोस्तों हमारा आंसर है संथानम समिति के द्वारा इसकी स्थापना 1964 में हुई थी अध्यक्ष सुरेश एन पटेल हमारा उनतीसवा क्वेश्चन है फलों से फैलने वाला वायरस कौन सा है तो दोस्तों इसका आंसर है निपाह वायरस हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है तो दोस्तों यह है पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांत में है जो कि चीन को किराए पर दिया गया है इकतीसवा क्वेश्चन अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए किस आयोग का गठन किया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम उन्नीस किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हो गया था तो दोस्तों इसका आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी क्वेश्चन अग्रिम जमानत प्रसिद्ध बात कौन सा है अग्रिम जमानत तो इसका आंसर है गुरुवक्ष सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य हमारा तैतीसवा क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है तो दोस्तों इसका आंसर है निहार दोस्तों हमारा थर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन है दो अक्टूबर उन्नीस सौ पचहत्तर हमारा छत्तीसवा नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों इसका आंसर है चौदह अगस्त उन्नीस सौ तिरानवे दोस्तों यह हमारे अनुच्छेद 338 बी में इसका वर्णन है और एक सौ संविधान संशोधन के द्वारा 2018 को इसको संविधानिक दर्जा मिला एक सौ संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हमारा सैतीसवा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है तो पांडिचेरी का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात था इसका लिंगानुपात है एक हजार सैंतीस प्रति एक हजार पुरुष में भारत का जो लिंगानुपात है नौ है हमारा अड़तीसवा क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है तो दोस्तों इसका आंसर है 22 मार्च को 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों इसे भी याद रखना हमारा उनतालीसवा क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था तो दोस्तों हमारा आंसर है संविधान संशोधन दोस्तों हमारा 40वें नंबर का क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांगों को कहते हैं हमारा आंसर है माइक्रोकांड्रिया हमारा अगला क्वेश्चन है बाल श्रम कानून कब का लागू हुआ तो दोस्तों इसका आंसर है उन्नीस दोस्तों बाल संरक्षण अधिनियम जो है दो में लागू हुआ था तो, तो हमारा बयालीसवा क्वेश्चन है आर्टिकल 342 में किसका उल्लेख है तो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियों का उल्लेख है हमारा अगला क्वेश्चन है संताल या हु विद्रोह के नेता कौन थे तो दोस्तों यह संताल और हु विद्रोह के नेता ये प्रसिद्ध चार भाई थे जो कि झारखंड से आते हैं दोस्तों ये चार भाई थे सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू चांद और भैरव मुर्मू के नेतृत्व में यह संथाल और हु विद्रोह हुआ था चौवालीसवा क्वेश्चन है हमारा अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है तो दोस्तों हमारा आंसर है वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ कभी नहीं लगा अगला अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है तो दोस्तों आंसर इसका थर्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है तथा विधानसभा सीटों की संख्या 404 है तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद